सो हेलो गाइज़ कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया ही होंगे बढ़िया ही होने चाहिए गाइज़ पता है अभी मैं सो रहा था और मालूम क्या हो गया लाइट चली गई यार और अच्छा खासा सो ही रहा था और लाइट चली गई और अभी रात के बज रहे तीन बज के तीन मिनट हो रहे तो मैं एक घंटे बाद बाहर आया हूँ लाइट का गई हुई और मैं रोड पे बैठा हुआ अभी मतलब आके रोड पे बैठा हु तो ठंडा हवा लेने के लिए क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कसम से जो जो होएगा ना उसको मालूम रहेगा कि 9 तारीख की रात में लाइट गई थी तो ये वाला व्लॉग आपको 11 तारीख को दिखेगा क्योंकि अभी तीन बज गया ना तो दस तारीख हो गया तो दस तारीख का ब्लाग ग्यारह तारीख को दिखिएगा और नौ तारीख का ब्लॉग दस तारीख को दिखते तो आप ग्यारह तारीख को देखना ये ब्लॉग और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इतना पूरा पूरा खाली रोड है आपको मैं एक बार ही दिखाता हूँ पीछे का कैमरा करके और अच्छा खासा नींद की वाट लगा दिया है लाइट चला गया है पूरा सब लोग ही डिस्टर्ब हो गए मैं अकेले नहीं बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए जितने सोसाइटी में थे सब लोग बाहर अपने दरवाजे पर बैठे हवा ले रहे क्योंकि घर गर में गर्म हो रहा और आज तो आज सन्डे था ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मैं सोचा आज संडे तो थोड़ा आराम से रहेंगे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कुछ सोच भी नहीं सकते मैं आपको दिखाता हूँ पूरा रोड खाली है आज चेक कर रहे एक गाड़ी अब गई और पूरा रोड खाली है कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक बंदा आ रहा है यहाँ से चल के और इधर से कोई गाड़ी जा रही है मतलब चालू है रोड ऐसा नहीं चालू नहीं चालू है पर थोड़ा पूरा खाली और अकेला बैठा हूँ जो है लाइट ख़राब हो गया था उस वजह से दो बज गए थे सोने में क्योंकि रात में लाइट ख़राब हो गया पपा ने कुछ मशीन लगाया चालू करने के लिए वो मशीन पूरी जल गई मतलब वो उस मशीन की वजह से पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया वायर जल गया तो मिस्त्री मिल नहीं रहा था मिला और एक है समीर नाम का इधर पे रहे तो उसने आया बनाया तो बनाते बनाते दो बजे के रात के और हम लोग तीन बजे चार बजे तक सोए फिर से सुबह उठे पानी नहीं आया हम लोगों के इधर पे उनका बीएमसी का पानी ना तो वो आया नहीं तो उस वजह से थोड़ा तो लेट हो गया और आज फिर से लाइट चला गया और कल का जो लाइटिया था ना लाइट बनाया था उसका भी वीडियो में डालूंगा रखा हो क्लिप मैं सोचा डाल दूँ भी बात सोचा नहीं डालूँ छो मैं भी डाल दूँगा और आज लगता है कल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मंडे है और जॉब पे जाना है तीन दिन से मैंने छुट्टी लेके रखा है तो उसके लिए जॉब पे जाऊंगा तो जो भी क्लिप रहेगी मैं आपको दिखाऊंगा तो भी लाइट आएगा फिर घर जाता हूं तब तक आप भी इंजॉय करो ब्लॉग को अंधेरा आ, आ रहा है थोड़ा सा क्योंकि अभी रात है तो रात में तो अंधेरा ही आएगा ओबियसली तो इंजॉय करो चिकरद होना यहां से दिखेगा काज लिया ना वहाँ काज लिया ये बड़ा ये वो लोग आए दे ये बड़ा ये तो वाइफ बड़ा ही है तूने किस्टर्ड किस्टर्ड